तो हेलो वेलकम बैक इन अनादार न्यू वीडियो तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है तो गाइस आज का टॉपिक है हाउ टू ऐड थंबनेल ऑन यूट्यूब वीडियोस और साथ ही साथ उसका प्रॉब्लम भी आपको शो करा रहा होगा तो गैस आप लोग यदि आप लोग YT स्टूडियो पे जाके थंबनेल लगाना चाहते होगे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको शो करा रहा है जैसे कि मैं इस वीडियो पे थंबनेल नहीं लगाया इस वीडियो को थंबनेल पे क्लिक करके पेंसिल में आइकॉन पे आपको क्लिक करना है करनी है बात यहाँ पर और एक पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग थमनेल लगा ही नहीं पाओगे आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर पाएंगे उस सेटिंग्स के बदले में आपका जो ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर कस्टम थमनेल है उस पर क्लिक करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा सिर्फ़ एक टेक्सट शो कर है जिसका नाम है टू एड कस्टम थे वेरीफाई योर अकाउंट ऑन YouTube ऑन योर कंप्यूटर तो इसको कैंसिल कर देना है तो गाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना पड़ेगा और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट हर बार की तरह वीडियो का नहीं के दिन जल्दी से वीडियो को लाइक दो चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेलाइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो तो गाइज यहाँ पर बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट तो गैस यहाँ पर मैं जो सर्च करूँगा आपको भी वही सर्च करना है तो यूट्यूब डॉट स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम लिख कर आपको सर्च कर देना है सर्च कर देने के बाद यहाँ पर आपका चैनल लॉगिन कर, कर कर लेना है मतलब आप जिस चैनल को भी लॉग करना चाहते हो उस चैनल को आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है तो गैस मतलब यहाँ पर उस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर बड़ा कर देना है बड़ा कर देने के बाद नीचे एक सेटिंग सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है कर देने, तो कर, दे चेनल। चेनल कर देने के बाद चैनल का सेटिंग ओपन हो जाएगा तो आपको दूसरे वाले सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है जिसका नाम है चैनल चैनल पर आपको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर तीन सेटिंग्स आते हैं एक है बेसिक वो और एडवांस सेटिंग वाला एक है फ्यूचर एलिजिबिलिटी तो आपको फ्यूचर एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर ऊपर फर्स्ट वाला वो एनाबल है दूसरा वाला वो एलिजिबल नहीं है तीसरा वाला भी एलिजिबल नहीं है तो गाइस आप लोगों को थमनेल ऐड करने के लिए आपको पहले अपना फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा YouTube चैनल पे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना आपको दूसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसका नाम है इंटरमीडिएट पी तो इसको आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद नीचे आपको स्कॉल करना है यहाँ पर वेरीफाई और फ़ोन नंबर मतलब आपको अपने फ़ोन नंबर से वेरीफाई कर देना होगा मतलब जिससे आप लोग यूट्यूब चैनल खुले हो तो गाइस यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई कर देता हूँ तो कैसे यहाँ पर, पर आपको कंट्री सिलेक्ट कर कर लेना है इंडिया और यहाँ पर आपका खुद का फ़ोन नंबर दे, दे देना है तो गैस यहाँ पर मैं जैसे कि फ़ोन नंबर देता हूँ डबल नाइन डबल थ्री एट फोर डबल जीरो डबल टू तो कैसे यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर दे दिया देने के बाद यहाँ पर गेट कोड पे क्लिक कर देना है मतलब आपके फ़ोन में एक वेरीफिकेशन कोड आएगा जहाँ पर आपको सिक्स डिजिट नंबर वाला कोड आपको देखने को मिलेगा उस कोड को यहाँ पर बैठा देना है जैसे कि ऊपर देख सकते हो एक कोर्ट आ चुका है तो कोर्ट को यहाँ पर बैठा देते हैं यहाँ पर नाइन तो यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं 955534 लिख के आपको सबमिट कर देना है सबमिट कर देने के बाद आपका फ़ोन जो है वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो तो, लिख के आ चुका है फ़ोन नंबर वेरीफाइड कॉन्ग्रेचुलेशन योर फोन नंबर है हैज़ नाउ बीन वेरीफाइड तो आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो एकदम सॉल्व होके आ चुका है तो आपको कुछ नहीं करना आपको फिर से वाई स्टूडियो पर जाना है वाई स्टूडियो जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पेंसिल तो यहाँ पर बैक आ जाते हैं आपको फिर से दिखा देते हैं तो आपको जिस भी जिस भी वीडियो पे आपको लगाना चाहिए या आप लगा सकते हो तो ये प्रॉब्लम का फेस करता है मतलब आप पहली बार यूट्यूब चैनल मतलब आप एक न्यू यूट्यूबर हो मतलब पहली बार एक यूट्यूब चैनल ओपन किए हो तब वो ये प्रॉब्लम आपको फेस कराएगा तो यहाँ आप पर आपको फिर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना कर देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से और एक पेंसिल पे क्लिक कर देना तो गाइस यहाँ पर देख सकते तो हो कस्टम थंबनेल वाला जो ऑप्शन वो ओपन हो चुका है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और फाइनली आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुका है तो यहाँ पर से आप लोग कोई भी थमले लगा सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यही थमनेल लगाऊँगा तो यहाँ पर थंबनेल लगाने से कुछ ऐसा होता है कि ऑडियंस जो आपके वीडियो देखते हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं मतलब आपका थंबनेल देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो और थंबनेल लगा ले लगाने से आपका जो ऑडियंस है आपके वीडियो देखने लगते हैं तो गाइस आपको इसको डन कर देना है डन कर देने के बाद सेव कर देना है आपका थमलेल लग चुका है तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया आया होगा और वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताना बता देना और मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में